ने की अरे यार बैठ गया वो अच्छी जगह पे मैं जाऊंगा उसी तो को मार के अपना पेंडी को एक आगे लगवाया